शरी के महानायक ऐसे निकलेंगे सोचा नहीं था और खिलाड़ियों का खिलाड़ी का ये हाल होगा ये भी सोच से परे लगता है आखिर ये दोनों महानुभाव चुप्पी साधे इसीलिए हैं कि अपने फैन को भक्त बना दिए हैं इन दोनों के पास जब इतना आर्थिक तजुर्बा था तो अब क्या हो गया तजुर्बा को ये दोनों अपने फैन के साथ धोखेबाजी वाला काम क्यों किए शायद संगति का असर है नमस्कार आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और खिलाड़ियों का खिलाड़ी अजय अच्छा कुमार के उस ट्वीट पर जो उन्होंने मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब किया था कहानी उस समय की है जब भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उस समय देश में सब कुछ ठीक चल रहा था गरीब लोग के बच्चे स्कूल जा रहे थे उसके माता पिता रोजगार करके अपना अपने बच्चों को पेट भरना शुरू कर दिया था इनके रोजगार से घर तरक्की कर रहा था देश के सभी लोग रोजगार की मांग और उसके एवज में मेहताना की मांग को अधिकार समझने लगे थे देश के मजदूर लोगों को एक दिन की कमाई बढ़ा बढ़ा था वो भी निश्चित राशि में हालात ये होने लगे थे कि लोग मजदूरी करने के लिए भी गाड़ी से आने जाने का खर्च उठाना शुरू कर दिया था इसी समय देश के इन सीधे साधे लोगों पर एक राक्षस रावण की नजर पड़ जाती है वो देश के गरीब लोगों के आर्थिक और मानसिक विकास को दे होता देख परेशान हो जाता है इन गरीबों के सवाल से अचंभित हो जाता है राक्षस सोचता है ये लोग आज सवाल करने लगे हैं जो हमारे सामने नज़र उठाकर देखते नहीं थे राजस इन लोगों के इस आर्थिक और मानसिक विकास देख इन गरीबों को विकास को निगलने के प्रयास में जुट जाता है इन्हें कैसे निगलना है के लिए योजना बनाने लगता है अंततः एक समय आ ही जाता है और फिर इन गरीबों के आर्थिक और मानसिक विकास को निगल जाता है राक्षस राक्षस के इस काम में मदद करने के लिए महानायक अमिताभ बच्चन और खिलाड़ियों का खिलाड़ी अजय कुमार भी सामने आते हैं इन दोनों ने देश में मामूली रूप से बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों को ऐसा महिमामंडल करता है कि बेचारा भारत के इन सीधे सादे गरीबों को ये लगने लगता है कि सही में सरकार पेट्रोल और डीजल को दाम बढ़ाकर हमें लूटने का प्रयास कर रही है जबकि इन गरीबों का अंतरात्मा ये नहीं कहता आत्मा तो ये कह रहा था कि यह सरकार हमारे लिए कभी बुरा काम नहीं कर सकती उधर राक्षस का सिपाही महानायक जनता को ये समझाने के प्रयास में जुट जाता है कि वर्तमान सरकार तुम्हारे लिए खतरनाक है वह ट्वीट के माध्यम से देश के लोगों को समझाने का प्रयास करता है वह अपने ट्वीट में लिखता है कि पेट्रोल अब आरएस एस सेवन पॉइंट फाइव पैसा मतलब सात रुपया पचास पैसा पेट्रोल का दाम बढ़ा पंप अटेंडेंट कितने का डालूँ दो रुपया या चार रुपया का फिर दो रुपया चार रुपए का कार के ऊपर स्प्रे कर दे भाई कार को जलाना है ये ट्वीट करते हैं महानायक ऐसा ही ट्वीट राशा का दूसरा सिपाही खिलाड़ियों का खिलाड़ी करता है ये ट्वीट में लिखता है गाइस आई थिंक इट्स टाइम टू क्लीन अप योर बाईसाइकल एंड हिट द रोड आज पर सोर्सेस एक्सपेक्टिंग अनदर पेट्रोल प्राइस मतलब मैं सोच रहा हूं कि आप अपना साइकिल को साफ कर लें क्योंकि अब इसी से रोड पर चलना है क्योंकि अब जो अगला दाम आएगा पेट्रोल का वो क्या बहुत ज़्यादा दाम आएगा राक्षस के ये दोनों सिपाही अपने फ्रेंड को पेट्रोल के दाम को लूट बता रहा था उस समय पेट्रोल का दाम मात्र पचहत्तर रुपये पर लीटर था अब देश में पेट्रोल का दाम जब राक्षस का शासन आया तब देश में पेट्रोल का दाम 107 रुपये पर लीटर हो गया है फिर भी ये दोनों सिपाही राक्षस का दोनों सिपाही चुप्पी साधे हैं। अब ये दोनों आखिर चुप चुप क्यों न रहे ये देश के उन गरीबों के आर्थिक और मानसिक विकास को राक्षस को निगलने में मदद जो किया है एक बात यह भी हो सकता है कि राक्षस ने इन दोनों के आर्थिक और मानसिक विकास को ही निगल चुका हो इस कहानी से शिक्षा यह मिलती है कि इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी राक्षस को राक्षस प्रवृत्ति वाले व्यक्ति का सिपाही नहीं बनना चाहिए नहीं तो आखिर में आप ही नंबर आएगा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद